हाँ बोल अब क्या बोल रहा? क्या बोला रहे हैं क्या बोल रहे तू हम यहां ट्रैफिक चला रहे हैं ये गाड़ी नंबर है एस चार जीरो पांच तीन इकतीस चौरासी इस, इस बंदे ने गाड़ी दी इसने गाड़ी दी है ये देखो कैसे बात कर रहे ये देख लो कैसे बात कर रहे ये देख ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे बात कर रहा है हाँ ये देखो कैसे बात कर रहा है अब अभी ये देखो कैसे कर रहे चला रमेश ये बात देखो कैसे कर रहा रहे तो बात कर रहा है देखो चाहे विकास होगा नी ये देखो या मैं ये देख लो देख लो आप ये देख लो अगले बने ये देखो रविकांत, रविकांत, आजा। ले। गाली दे रविकांतुआत हाँ ये ये देखो गाली दीस भाई आपने और ये बाइक नंबर है ये देखो चौंके फोन कर फोन कर गरम कोई तूफान दीदी आएगा दीदी आएगा दो बारे दो बारे थे? थे। ये देख लो ये पड़ा इसको रोक क्या और इसने गाड़ी देना स्टार्ट कर दिया हमारा ये देख लो ये गाड़ी ये ये नंबर है ये देख लो आप तू देना हाँ बोल अब बो, क्या बोल रहा क्या रहे हम यहाँ ट्रैफिक चला रहे हैं ये गाड़ी नंबर है एच चार जीरो पांच टी इकतीस चौरासी इस बंदे दी, दी गाड़, ने, ने गाड़ी अभी इसने गाड़ी दिया मेरे को अरे ये देखो कैसे बात कर रहे ये देख लो कैसे बात करो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे बात कर रहा है हाँ ये देखो कैसे बात कर रहा है अब अभी तो तो तो तो ये देखो क्या कैसे कर रहे चलो रमेश ये बात देखो कैसे कर रहा। तो ये बात कर रहा देखो। है देखो क्या नहीं हाँ आग ये, आग तो ये देखो तू मरेगा या मैं ये देखो देख लो आप ये देख लो पागल बना लोलेगा ये देखो रविकांत आजा अच्छा ग्यारह रो ग्यारह ये देखो गाड़ी दीस भाई आपने ये बाइक नंबर है ये देखो चौंक्यू फोन कर तो तो आएगा। कोई बात नहीं कोई तो बात नहीं ये देख लो ये क्या बढ़िया इनको रोकिया और इसने गाड़ी देना स्टार्ट कर दिया हमारा ये देख लो ये गाड़ी ये नंबर है ये देख लो आप हाँ बोल अब क्या बोल रहा है क्या बोल रहा तू हम यहाँ ट्रैफिक चला रहे हैं ये पाँच तीन इकतीस चौरासी इस बंदे ने गाड़ी अभी इसने दे। गाड़ी दिया मेरे को अरे ये देखो कैसे बात कर ये देख लो कैसे बात करो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे बात कर रहा है हाँ ये देखो कैसे बात कर रहा है अभी अभी ये देखो कैसे कर रहा है चलो रमेश ये बात देखो कैसे कर रहा? तो अच्छा। ये बात कर रहा है देखो क्या नहीं ये देखो तू मरेगा या मैं ये देखो देख लो आप ये देख लो लोलेगा ये देखो रविकांत आ जा तू अच्छा ग्यारह ये देखो गाड़ी दीस भाई आपने ये बाईक नंबर है ये देखो चौंकी फोन कर ना? ना? ना ना ना तो दीदी आएगा. कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये देख लो ये क्या पड़ा इसको रोक रोकिया और इसने गाड़ी देना स्टार्ट कर दिया हमारा ये देख लो ये गाड़ी ये ये नंबर है ये देख लो आप देना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 तो देवार देवार ये देखो कैसे कर रहे थे ना अरे ये बात रविकांत अच्छा ग्यारह रो ग्यारह ये देखो गाड़ी दीस भाई आपने ये बाईक नंबर है ये देखो चौंक्यू फोन कर कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये देख लो ये क्या पड़ा इसको रोक रोकिया और इसने गाली देना स्टार्ट कर दिया मार्केट